देश की राजधानी दिल्ली और उसके दिल में बसी यह है कठपुतली कॉलोनी शायद आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो लेकिन सच्चाई यह है कि यह कॉलोनी संसद भवन से महज पंद्रह मिनट की दूरी पर बसी है परेशानियां कई हैं, न पीने का साफ पानी न पक्के मकान खुले में शौच और खुले नाले कटपुतली कॉलोनी के विस्थापन का काम तो कई सरकारों ने शुरू किया लेकिन अंजाम तक कोई न पहुंचा सका और ये कॉलोनी महज एक वोट बैंक बनकर ही रह गई लेकिन अब भारत को झुग्गी मुक्त बनाने का जो सपना मोदी जी ने देखा है वो बदलते भारत की एक नई तस्वीर को दर्शाता है मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो ये सपना मैं पूरा करना चाहता मोदी जी के इस सपने ने फिर एक बार इनकी उम्मीद की किरणों को जगाया है हालांकि डीडीए ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीति के तहत इनके पुनर्वास की योजना बनाई जिसके तहत इन्हें पक्के मकान साफ वातावरण बच्चों के लिए स्कूल शौचालय आदि की सुविधा देने का वादा किया भारत सरकार का यह एक घोषणा भी की है कि लोग दो, दो तक पूरे देश में हर व्यक्ति के पास मकान होगा अभी जिनके कागज नहीं भी जमा हुए उन दोबारा भी चेक करेंगे अभी मौके दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं देंगे सरकार तक कोशिश करेगी किसी भी एलिजिबल को ना छोड़े योजना के तहत इन्हें लगभग दो सालों के लिए ट्रांसिट कैम्प में शिफ्ट किया जाना था और पिछले चुनाव से पहले लगभग सवा पांच परिवार यहाँ बस भी चुके थे कैंप में सभी बुनियादी जरूरतों का का खास ध्यान रखा गया है, जैसे आरो फिल्टर द्वारा पीने का पानी बिजली पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नान खरादी एक तो फिल्टर पानी मिल रहा बढ़िया वाला जिससे हम बीमार नहीं होते और जी और क्या नाम है खुली हवा मिल रही है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन पुनर्वास के इस काम में तब से विलंब लगा हुआ है कटपुतली निवासियों ने हर मुमकिन अधिकारी से मदद की गुहार लगाई 17 अगस्त 2016 को डीसीपी और डीडीए प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत कुछ उच्च अधिकारियों के सामने ये फैसला लिया गया कि 22 से 26 अगस्त के बीच डीडीए और पुलिस स्वयं कटपतली कॉलोनी का सर्वे कर लोगों की राय जानेंगे सर्वे के अंतर्गत यह पाया गया कि सभी कटपतली निवासी अपने विकास के लिए यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार जाने के लिए तैयार है सारे के सारे अगर विकास हमारा हो रहा है और सरकार भी हमारे पास है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं है मैं चलने के लिए तैयार हूँ पुति के के भाई ये ये ये ये। और हम लोगों के किरण की उम्मीद दिखी जो बीजेपी सरकार सरकार मोदी हम लोगों का भी एक सपना है कि कि हमारे भी भी घर बने हम विकास चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा विकास होए मोदी जी का सपना सबका घर हो अपना के तहत अगर इनका यह सपना सच होता है तो पूरे भारत के लिए एक मिसाल साबित होगा चलो हम सब मिलकर सपनों का नया भारत बनाएं। जय हिंद जय भारत